फ्रेंड्स मैं हूँ विजय कुमार मैं आपको बताने जा रहा हूं कि IIBF का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें एक मिनट के अंदर तो चलते हैं हम गूगल में ये साइट डाल देंगे साइट डालने के बाद इस पे हम सर्च करेंगे सर्च करने के बाद आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा स्क्रॉल करेंगे नीचे को और इसमें लिंक मिलेगा आपको एक और जो अपना आई का सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और इसमें हम डाल के देख डालेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मेंबरशिप नंबर तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद ये आया नो एग्जाम डाटा फाउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर इसका मतलब इसका दोबारा कोई ना कोई इसका आ गया होगा दोबारा डुप्लीकेट के लिए इसको अप्लाई करेंगे उसके लिए दूसरा लिंक पे जाएंगे इसके लिए इसी में यहाँ पे लिंक दिया हुआ है जो हम यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे और हम इसमें कुछ डिटेल डालेंगे तो फ्रेंड्स अब मैंने इसमें पहले में तो एग्जामिनेशन चुन लेंगे और इसमें सेकेंड में नॉन रिसिप्ट ऑफ द फील सर्टिफिकेट फाइनल सर्टिफिकेट और इसमें सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर बी सी बी ये वाला चॉइस कर लेंगे सबसे नीचे वाला और इसमें इनका डाल देंगे वो जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या मेंबरशिप आपको मिला हुआ है अगर नहीं है तो डू नोट वाले पे क्लिक करेंगे अपना नाम डालेंगे और इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ सब चीज फिल करके और इसे रजिस्टर कर देंगे जब इसको हम रजिस्टर क्लिक सबमिट कर देंगे, यहाँ से सबमिट करने के बाद यहां पे सबमिट क्लिक के बाद आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा ये सबमिट हो गया एक आई जनरेट हो गई वो आपको पाँच चार दिन में आपकी मेल आईडी पे शायद कल दो दिन के अंदर अंदर, अंदर आपको ई आ जाएगा ईमेल पर ही सर्टिफिकेट आ जाएगा आपका तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी है अच्छी लगी है सब्सक्राइब करें लाइक करें धन्यवाद फ्रेंड्स